छोरा रे बातलो ढील पिटिंग सिलवार बैठे गेर पिटिंग सिलवार बैठ गे टोप <णणागी> लागे गेरे छोरा बाप पितड़ो ढील पिटिंग सिलवार छोरी मन भरत कराटन बाल मोया नाटन बाल मोया हो नौ के आयोर छोरी ते ते मैन भेरत के घटनाटन वाल मो आयोट नाट छोरा तेरा भैरत करो पे रे रोज नाम दे गो दे गैसा टो पेड़ जागो आठो रे छोरा तेरा बेर देखे रो रोज नाम दे गए बोलवाई रे न्यू न्यू के दियो ज़द दियोज दि गैसा ठो जय चाटो का ठोर तो है मार तो न्यू के न्यू उगे आएर दियोज गियो छोरी नाच गारी कूदे गानिया डिजान को गानो निया डिजान को गानो सोनू रे मुकेश को गानो रे छोरी नाच है थोड़ा तो पकील पे, पे महंगाई को लिया बिखेरेगा बाल माता कार बिखेरेगा बाल माता का मेरा रे माता कार तो महंगाई को लियायो बिखेगा बाल मा आयो बिखेरेगा बाल मा। आयो गोरा गौरा गाल पड़े घरी का गाल सिखा पेको डाठोर गालई सको डाटो पिड़ जा गोवा ठोरी गोरा गोरा गाल पड़ेगा का लाल सखा पैको गोरी मार गाल सखा पेको डाटो तुम्हारी जी जी के, के दही तेरे साथ डिया तेरे साथ भी कौन है कई भी कौन है तुम्हारी रह जी जी के दही दूध डिया तेरे साथ भी आयोडिया तेरे आयो से वेदो थाली वेद दो दस थाली कम पड़ तो और लद पाईने रही ले बैठने पति आयो से वेद दो दसो आयो छोरिया पगड़ा देना मेरी आया पता सिखा चाल बा पता पिता सिखा चाल आज बाडो तेरे छोरिया पगड़ा देना मेरा पता सिखा चाल आयो पता सिखा चालोती ये मलबा को बा मिली नहीं जान दोसा मैर मिली नहीं जान दोसा मै मेवा मिंडाविर मेरे साई कर मलबा को वाद पेड़ वाला सूर करे मै गुमान को चोडो मै गुमान को चोडो मो बोर दोसा फेड ऑन लाइन गिर वाले पैकेड़ माथोर रोवे गेर पकेड़ माथोर रोवगी याद आवे गेरे मो मोहत ऑन लाइन गिर बाल पकड़ माथोर बलवा पकड़ माथोर बेगी बेगी ब्याह के राल रे चोरी मटहरे माद मोहबत को टहर माद मोहबत को मोहबत कोरे बेगी बेगी ब्या हुए केोरी मटर मैं में अलवेर शेर की चोरी छोरी शेर की चोरी ट्रेन पेड़ गोरे रे रोजिन्या मैं आवेपना मेंलबेर शेर की बलवाई रेलवे शेर की चोरी छोरी तारा गणा दीवा नारिये गल गो छोटाले गा छोट लाली लाली नामे काल चोरी तारा दे लाली। ये तारा दीवाना छोड़ छोड़ दे दे दलाी नाम में छन छन के वाजे मेरी वाली जान आ री च मेरी वाली जान आ रही छोटी आ री च रे जिम छन छी बाज मेरी वाली जान बलोर मेरी वाली जान आ एरी सुन पाई जम कोय सा जग आयो जाम सासु को रेंडीर सासु को रिरे रे सुन पाई जम कोठ जिग्या हो जाम सा आयोजे आयो धाम आयो सासु को ये चोरा मेरो डियो लाडले राख जरत नहीं प्यार तेरा खेर जूरत नहीं प्यार तेरा के ए मोहब्बत तेरे खेरे चोरा मारो डियो लाडले राख जुरत नहीं प्यार तेरा आयोजरत नहीं प्यार